गाइज हमारे देश में ये हो क्या रहा पूरे 200 करोड़ मांगे दरअसल भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स दिल्ली जिसका पूरा कंप्यूटर सिस्टम को हेक करके बंद कर दिया गया गाइज ये लगभग एक सप्ताह पहले हुई है गाइज इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये हैकर है। तो बात की है की इस हॉस्पिटल का कंप्यूटर सिस्टम में लगभग तीन ऐसी चार करोड़ पेशेंट का डिटेल्स जो कभी भी लीक हो सकता है गाइज जिसमें आधार कार्ड फैमिली डिटेल्स जैसी इंपोर्टेंट जानकारियां हैं, जो कि किसी भी दुश्मन देशों के साथ बेचा जा सकता है, गाइज आप इस साइबर क्राइम के बारे में क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज सपोर्ट मिलते हैं अगले वीडियो में